मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत जाबाजी और दिलेरी की दास्ता मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति प्रेम और त्याग की कहानियां मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं मेरे रक्त से पांव मचलते हैं मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ हाँ मैं राजस्थान हूँ ये कहानी है राजस्थान की एक परिवार की जो कि बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था पर उनकी जिंदगी में एक ऐसी अनोनी घटना हुई कि सब बर्बाद हो गया तो आप मेरे साथ मिलके के देखिए अरे बेटा विवेक अरे कुछ नहीं पापा ये बैटरी चली नहीं रही है कब से इसे चला रहा हूँ खराब हो गई है फेर... ये बैटरी और तेरी माँ की बुद्धि कभी नहीं चल सकती मैंने देख लिया क्या तुम सारे दिन मेरी बुराईया करते रहते हो और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास हाँ सारे दिन मेरी, मैंने में काम करते -करते मेरी अरे ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने मेरा आज तक कोई काम किया है, है? आज तक मुझे कोई काम होगा झुमका भी ला के दिया है तुमने जो बोल रहे हो मैंने तुम्हारा कोई काम कर दिया है आप दोनों लड़ना तो करो बंद पापा आप तो मेरे को यह बताओ कि मेरे जो दादाजी थे वो कैसे थे मुझे उनके बारे में जानना है कि वो कितने अच्छे थे क्या थे बुरे थे मुझे आप बताओ वो कैसे थे बेटा तेरे दादाजी बहुत ही अच्छे आदमी थे वो लोग कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए तेरे दादा ने मेरे को कभी वो चादर छोटी नहीं पड़ने दी बहुत अच्छे थे तेरे दादाजी हाँ बेटा तेरे दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे अब नहीं थे बहुत अच्छे इंसान तेरे दादाजी यार इतने दिन हो गए मैं मेरी जीजी के घर पे नहीं गया कल वो गाजर भी लाई ली पड़ी है दो किलो सोच रहा हूँ कि आज जीजाजी के घर पे चल जाऊंगी अरे मम्मी फिर कोई दादाजी के पास जमीन वमीन कागजात वागजात कोई खजाना वजाना था क्या कोई था था। वो तो खजाना वजाना नहीं, नहीं है हमारे पास समझिए तू तो? खजाना कोई खजाना वजाना नहीं है अरे जिजाजी मेरे भानजे को क्यों लड़ रहे हो भागे को लड़ रहे हो आप अरे राजू ये तो हमारा प्यार है प्यार इसे प्यार बोलते हैं राजू पापा ये आपका प्यार है तो फिर बताओ गुस्सा क्या था है? प्यार करता है तो अभी मिलता क्या? सोच जरा ऐसे राजू ये तू थैली में क्या लाया है जी जी को नहीं बताया थैली में क्या लाया पता क्या लाया है थैली में अरे जी जी कुछ नहीं है ये एक दो किलो गाजर है मेरे घर पे पड़ी थी दो दिन से ला रखी थी मैं सोचा मेरे तो कुछ काम नहीं आ रही तो तुझे दे चलू ले तो जी जी इसका गाजर का हलवा बना ले तू है ना देखो गर्मा गरम गाजर का हलवा बनाई हो ले रुको मैं अभी जाके हलवा बना लाती हूँ तुम सबके लिए हलवा गरम गरम खा ही होगा ना मैं बना लाती हूँ तुम सबके लिए हलवाओ जाओ हलवा बनाओ जाओ मम्मी आप जो हलवा बना रही हो ना शीरा उसमें थोड़ा मीठा ज्यादा गिरना आपको पता है मेरे को बचपन से मीठा बहुत पसंद है मेरे को मीठा ज्यादा करना बस आप कुछ भी करना मीठा ज्यादा होना चाहिए हलवा में बस वैसे तेरा बैठा भी तो मीठा ही है ऐसे मीठा तो पसंद होगा चुप सब लोग चुप हो जाओ मैं हलवा मेरे हिसाब से मना लाऊंगी समझ गई तुम मैं मना लाऊंगी मेरे हिसाब से हलवा अरे अब तू जा भी तो सरी कितनी देर से यहाँ खड़ी होती है जा तू हो, हो, हो? भी आ मुजरा अरे मामा मुझरा तो आप भी कर लो मैं तो बेहू जान सही सही हूँ अरे कांड कुछ नहीं कर रहा हूँ तू बता तू यहाँ पे क्यों है क्या काम है तुझे दे दे, आपके घर के छा रहा है उसकी शादी हो रही है मुठी हाँ, थप्पट है वैसे नल्ले की शादी हो रही है नल्ले की शादी हो गई बताओ यार हमारी शादी नहीं हो रही नल्ले की शादी हो गई अच्छा है इसकी शादी हो रही है नहीं तो साला कुंवरा ही मर जाता मेरी नजरों में तो ये बढ़िया है शादी हो रही है ना हो जाने दो चलेंगे ना शादी में आपको पता है बहुत सारे दिन हो गए कोई भी कार्ड नहीं आता पहल तो पहले आपके रिश्तेदार इतने कोई शादी का कार्ड ही नहीं देता मेरे को नहीं पता मेरे को शादी में चलूंगा बाबा अपन शादी में चलेंगे मेरे को नहीं पता चलेंगे अपन शादी में ठीक है ठीक है क्या भैया चल चलना चल चलना इतना मरा क्यों जा रहा है शादी में जाने के लिए चल चलेंगे अरे अंटल मैं भी आपके ठाकुर टल लूंगा नहीं पट्टा मैं आपके ठाकुर टल मुझे ठप्पटा है मैं आपकी ठाठी नहीं तू नहीं आ सकता क्योंकि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और हम तुझे लेके भी नहीं जाए करने से अरे हाँ ठीक है तू भी चल चलना कोई कम नहीं हो जाएगा हमारे पास चल चलना चल चल ये। मैं आपके ठाठी की चाबी दे दो मेरे सबके कपड़े लिए पड़े वो ये ले चाबी और संभाल के लाना समझ गया ये ले लेके आता हूं तो मैं कपड़े में जाएंगे शादी में भाई इतने दिनों शादी में गए शादी में जाएंगे इसी में रखे वादी सारे पैसे गए पापा पापा अरे क्या हुआ क्या चिल्ला रहा है आ रहा हूं आ रहा किसने किया होगा आपके हिसाब से ये है जीता कोई तो होगा जिसने ये किया होगा है बताइए आप मुझे किसने किया होगा ये मुझे मुझे क्या बदलने अरे अंकल आप शांत हो जाओ आप टेंशन मतलब मैं हूं ना मैं भी पकड़ लूंगा उसे मैं और विवेक मिलकर उसे पकड़ लेंगे आप टेंशन मतलब अंकल बताप रो मता हम पतन लेंगे उसे आप बिल्कुल टेंशन मतलब हम है ना आपका बेटा मैं देख लेना पापा उस चोर को छोड़ूंगा नहीं मैं पकड़ के लाऊंगा उस चोर का टेंशन मतलो बस। जिसने किया है मैं मैं उसे नहीं नहीं छोडूंगा, छोडूंगा, चिंता उसे।